वीडियो कर लागियो वीडियो कर लागियो हां हाजी आगे होले रास्ता ना मिला बे रास्ता ना मिला बे हाजी आगे होले

पर पड़ते आते साथ वो ऊपर पे आते सुन ना धीरे धीरे भागियो थोड़ा जल्दी बस आप ही आएगा देर कौन है सो

<laughs> पूरा तो लेते हैं तो कहाँ का

मेरे बहन, बहुत से के वाहन कमक

रहे हैं हमारी परम्परा हुए आगे बढ़े ऐसे गण्यमान

की अति माहौल का आगमन हो गया है। बहुत ही अद्भुत दृश्य भाई भी बना चुके पूरी सभी घोषणा की सर आप सबको को बहुत सम्मान

झारखंड के बरा